दोस्तों आज की ये शिक्षा प्रद कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में खुद को और अपने अशांत मन को कैसे शांत रखा जा सकता है ये कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था वो राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता वो अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं। लेकिन भी कोई उपाय काम नहीं करता एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है हे राजन मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मन चहा धन प्रदान करूंगा। ये सुन व्यक्ति बोला राजन तुम्हारा मन को तो शांत नहीं कर सकता परन्तु एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है वो कोई आम सन्यासी नहीं बल्कि वो दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है वो आपका समाधान जरूर कर देगा राजा उस व्यक्ति से कहता है कहाँ मिलेगा यह सन्यासी व्यक्ति ने कहा चलिए मेरे साथ मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा कुछ दूर चलने के बाद वो राजा को एक पहाड़ी दिखता है जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता था व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे वह वहीं पर रहते हैं राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं यह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बौद्धि ही होते हैं राजा बौद्धि के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो बौद्धि धर्मन राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो ये सुन बौद्ध धर्मा राजा की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है राजा कहता है वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है लेकिन बस एक चीज की कमी है मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है यदि ये कभी कभी शांत भी हो जाता है तो ये कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ ये सुन राजा बहुत खुश हो जाता है राजा कहता है उसके लिए मुझे क्या करना होगा बौद्ध धर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना राजा कहता है ठीक है कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा बौद्ध धर्मा कहते हैं एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना ये सुनकर राजा चौक जाता है और सोचता है ये कैसी बात कह दी राजा कहता है आपने क्या कहा कृपया एक बार और कहे शायद मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो बौध धर्मा फिर से वही बात कहते हैं तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ आओ राजा सोचता है कि लगता है ये कोई पागल आदमी है क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था इसीलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं तो वो बोधि धर्म ऐसी कहता है ठीक है मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बौद्ध धर्मा के पास पहुंचता है और कहता है मैं आ गया बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं तुम तो आ गए लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहा है लाओ उसे मुझे दे दो मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ राजा कहता है आप ये कैसी बात कर रहे हैं आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठा आपको दे दू मन तो मेरे भीतर है बौद्ध धर्मा उस राजा से कहता है तो ठीक है आओ यहाँ बैठो और अपनी आँख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो राजा अपनी आँख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है बहुत देर आँख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते है और कहते हैं आंख खोलो राजन जैसे ही राजा आंख खोली तो बौद्ध धर्मा उस राजा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला राजा कहता है नहीं बौद्ध धर्मा बौद्ध धर्मा बोले ठीक है अब तुम कल प्रयास करना आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है राजा अपने महल चला जाता है और अगली सुबह राजा बौद्ध धर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बताया था राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है बहुत देर तक राजा बैठा रहता है बौद्ध धर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला राजा बहुत शांत आवाज में बौद्ध धर्मा से कहता है नहीं बौद्ध धर्मा बौद्ध धर्मा फिर से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और पुनः प्रयास करना अगले दिन राजा बौद्ध धर्मा के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे दो दिन से करता था राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बौद्ध धर्मा राजा की कंधों पर हाथ तो रखते है और इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती राजा बस अपनी आँखों को बंद करके बैठा रहता है इस बार राजा पूरी तरह ध्यानमग्न हो जाता है काफी समय बीत जाता है वो बौद्ध धर्मा भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं पूरा दिन बीत जाता है पूरी रात बीत जाती है अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है राजा अपने सिर को बौद्ध धर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है उसे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला पर वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में अब तक भटक रहा था तो दोस्तों उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है उसे शांति मन से बैठकर आपको खोजना पड़ेगा तो दोस्तों अंत में जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा साथ में एक प्यारा सा कमेंट